गुड मॉर्निंग फ्रेंड कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरे चैनल में बहुत स्वागत है सिवेन मॉम रिशु सिंपल लाइफ में तो आज सोमवार है सावन का दूसरा सोमवार तो अभी मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है और मैं जा रही हूं मंदिर मैंने थाल को लगा लिया है और पूरे अच्छे से पूजा का जितना भी सामान था सब को रख लिया है और हम लोग जा रहे हैं अगले सोमवार को मैं नहीं गई थी पहला सोमवार को क्योंकि ये ड्यूटी गए थे तो बाबू को अकेले ले जाना संभालना मुश्किल हो जाता है बाबू को संभालूंगी कि पूजा करूँगी तो इसलिए मैं नहीं गई थी तो इस बार जा रही हूँ और देखिए बारिश हो रही थी हल्की हल्की लेकिन अभी बारिश छुट गया था और अभी मतलब बादल बहुत अच्छा लग रहा है देखने में नीला नीला तो अभी हम मंदिर आ गए और मंदिर हमारे मतलब बिल्डिंग के नीचे ही है ओ, छोटी सी मंदिर है ज़्यादा बड़ी नहीं है तो मैं हमेशा इस मंदिर में पूजा करने के लिए आती हूँ तो अगले सोमवार को नहीं आई थी तो देखिए मेरा बाबू भी पीछे पीछे और ये ये भी हैं मतलब हम तीनों आए हैं पूजा करने के लिए तो ये अपने बाबू को खिलाएँगे जब तक तब तक मैं पूजा कर लूँगी और मौसम बहुत ठंडा हुआ था और मैं व्रत नहीं की थी बस जल चढ़ा के और जाके मैं खाना खा ली थी क्योंकि मेरा व्रत कल था मैं संडे का व्रत करती हूँ तो आज मैं व्रत नहीं क्यों की, की थी क्योंकि व्रत मतलब दो दिन नहीं की बहुत हरासमेंट हो गया था काम करते करते और पूरा काम था सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी उसके बाद मैं पूरा काम की पूरा काम वाम करके मंदिर आई और बहुत लोग मतलब पूजा करके चले गए थे और हम लोग जैसे घर पर जाते हैं वैसे मतलब बारिश बारिश चालू हो जाता है बारिश आता जाता है यही हो रहा है और बारिश जब छूट जाती है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और आज लाइट भी नहीं था यहाँ पे सोमवार को लाइट कटता है दस बजे से कटेगा तो दो तीन बजे के करीब में आता है तो लाइट नहीं था तो लाइट नहीं रहने के कारण भी मतलब बहुत गर्मी लग रहा था तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ दिया जलाई और बहुत अच्छा लग रहा था पूजा करने में क्योंकि सावन में हरा हरा और मैं थोड़ा आज हरा हरा भी पहन ली हूँ तो अभी मैं दिया जला रही हूँ और पता नहीं बाबू क्या कर रहा है उधर पापा के साथ खेल रहा है शायद और मैं चाहती भी नहीं थी कि ये यह यहाँ पे आए क्योंकि दिया में हाथ लगाता है उसको बस यही सब करने में अच्छा लगता है तभी मेरा पूजा हो गया है अब मैं घर पर जाऊँगी और घर जाने के बाद मैं बेसन का पकौड़ा बनाऊँगी क्योंकि मैं सब कुछ करके आई हूँ बस जाके बना के खाना है और ग्यारह बज गया था टाइम तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और मैं पकौड़ा बना ली थी और समोसा और वड़ा हम लोग लेकर आए थे तो पकौड़ा और चाय अभी हम लोग खाएंगे उसके बाद मैं बाद में खाना बनाऊंगी तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में तो आज मैं बनाऊंगी छोला भटूरा तो उसके लिए मैंने लिया है मैदा और सोडा मीठा सोडा खाने वाला और दो चम्मच भर भर के दही और आटा को मैं गूंद लूँगी और इसको दो घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी आटा को एकदम मतलब सॉफ्ट ज़्यादा कड़ा भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी मैं नहीं इसको दो घंटे लगा के छोड़ना पड़ता है दो अढ़ाई घंटे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि लगा के आप छोड़ ही सकते हैं उस समय भी बना सकते हैं लेकिन मैं छोड़ दी थी दो घंटे के लिए छोड़ देने के बाद और अच्छा होता है और बारिश बहुत तेज होने लगा था मैं आटा लगा के रखी थी और मैं घर पे भी पूजा करके गई थी शिव जी का तो अभी मैं आटा लगा ली हूँ और आटा लगा के मैं रख देती हूँ और मैं आ गई हूँ किचन में मैंने आलू उबाला था और थोड़ी सी काबुली चना छोले भटूरे बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने सब कुछ उबाल के रख लिया है और कढ़ाई में डाला है तेल जीरा तेजपत्ता और एक हरी मिर्च जिससे मैंने कट लगा दिया है फिर मैंने दो बारीक काट लिया था प्याज उसको भी मैं डाल दूँगी और जब तक मेरी प्याज गोल्डन ब्राउन नहीं होगी तब तक मैं उसको भूनूँगी फिर मैंने अदरक और लहसुन का कद्दूकश करके रखा हुआ है फिर मैं उसको भी डाल दूँगी और बहुत काम करते करते लेट हो गया था वह करने के बाद खाने के बाद मतलब अभी टाइम एक बज रहा था एक बजे के करीब में मैं खाना बना रही थी अभी लाइट भी नहीं थी तो गर्मी लग रहा था और बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज तो अभी मेरी प्याज थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो मैंने उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है पेस्ट नहीं है किया हुआ था और इसमें मैं एक बड़ी सी टमाटर काट के डाली हूँ बारीक ज़्यादा मतलब दो टमाटर नहीं काटी हूँ और आलू मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था तो मैं कुछ आलू निकाल के रख दी हूँ क्योंकि मैं शाम में इसका मोटा मोटा मतलब थोड़ा सा जीरा डाल के इसका जी बना दूंगी तो अभी मैंने आलू को मैश कर लिया है और थोड़ा सा मैं छोला था मैं सोची नहीं थी कि मतलब आज छोला भुटरा बनाऊँगी बस ऐसे ही प्लान बन गया तो छो मैं छोला थोड़ा सा ही डाली थी और आलू ज़्यादा कर रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा सब्जी अच्छा बना था और अभी मैं मसाला पीस के नहीं डाली क्योंकि लाइट नहीं था तो मैंने मसाले में सारे रूटीन के मसाले लिए हैं जीरा धनिया पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर गर्म मसाला मीट मसाला कंधा मिक्स मसाला और सबको मैंने पानी में घोल बना लिया है और ये है रेड चिली पनीर और जब मेरा मसाला भुन गया था तो मैं उसमें छोला और जो आलू मैश करके रखी थी उसको मैंने डाल दिया है और उसको भी थोड़ी देर भुनी हूँ और उसके बाद मैं डाली इसमें स्वाद के अनुसार नमक और अभी काम भी पूरा पड़ा हुआ है जो हम लोग आए थे तो मतलब चाय वो पी के खाना वाना खा के वो बर्तन पड़ा हुआ है और अंधेरा भी है क्योंकि लाइट नहीं है और बारिश भी हो रही है तो लाइट तो आएगी ही नहीं क्योंकि बारिश भी है और आज दिन भी है ऐसा कि आज लाइट आएगी ही नहीं तो अभी बर्तन भी धोना है तो इधर मैं थोड़ी देर साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि जो मैं प्याज ट कर रखी थी पूरा गंदा हुआ था और थोड़ा छोला और भून लेती हूँ उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी और पानी में इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा पतला बनाना था वैसे आलू तो मैं इस करके डाली हूँ तो पूरा गाढ़ा हो ही जाएगा और इसको मतलब कढ़ाई में डालने के बाद भी मैं पाँच मिनट तक पूरा उबाली थी और मैं धनिया का पत्ता नहीं डाली थी क्योंकि मेरे पास नहीं था और उतना डालती भी नहीं हूँ धनिया की हरी पत्ती और इसको मैं ढक के कुछ टाइम तक पकाऊंगी और एक तरफ़ मैंने चढ़ाया है कढ़ा कढ़ा में मैंने डाला है धनिया पाउडर और तुलसी का पत्ता अदरक तेजपत्ता लौंग ये सब सारे को डाल के मैं गर्म करके उबाल के रख दूंगी और हम लोग यही पियेंगे क्योंकि इस समय हम लोग गर्म पानी मतलब उबाल के ही पीते हैं ये भी जाते हैं तो मैं इनको घर का ही पानी मतलब उबाल के दे देती हूँ ड्यूटी के लिए तो अभी मेरा सब्जी बन तैयार हो गया है मेरा कड़ा भी हो गया है तो उसको मैं निकाल के मतलब रख देती हूँ और सब्जी हो गया है इसके बाद मैं इसमें लगाऊंगी तड़का लास्ट में मतलब घी के साथ लगाऊंगी तभी मैंने इसमें डाला है एक चम्मच घी और इसमें बस कुछ भी नहीं डालूंगी बस जीरा डालूंगी और एक हरी मिर्च डालूंगी लेकिन वो लाल हो चुकी है हरी मिर्च तो इसमें मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा चटकने के बाद मैं फिर उसमें तड़का लगा दूंगी और सब्जी बहुत ज़्यादा खाने में सब्जी क्या भुट छोला भटो मतलब छोले ही थे और इतना सुंदर लग रहा था खाने में हम लोग दो बार खाएँ जब मैं बना रही थी तब मैं गर्म ही बना रही थी और अभी मेरा बनके तैयार हो गया अब मैं जा रही हूँ जितना भी बर्तन बर्तन है सबको धो लूँगी और काम बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया था इतना काम की इतना काम की शायद दिन भर हो गया है और हम लोगों के बाद सब्जी लेने भी जाना है तो अभी मेरा मतलब आटा मेरा पूरा रेस्ट कर चुका था तो अभी मैंने बड़ी बड़ी लोइया ले ली है और कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और फिर इसको मैं अच्छे से बड़े बड़े साइज में बेल लूँगी और मैं आटा दिखाना भूल गई थी लाइट नहीं था दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूँ क्या नहीं तो आटा मैं दिखा नहीं पाई और मेरा सारा भटूरा मतलब इतना अच्छा से खिला था इतना अच्छा से बना था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ तभी तो मेरा एक एक करके मैं इसी तरीके से सारे भटूरों को निकाल लूँगी और सब भटूरा खिल गया था मेरा बना के तुरंत खा लेंगे मैं छः मतलब छोले भूटू बनाई थी बाबू और ये खाए थे और ये सब खाने होने के बाद फिर मैं जितना बर्तन वर्तन होगा सब धो हो के उसके बाद तुरंत मैं निकलूँगी मार्केट के लिए क्योंकि इस समय क्या हो रहा है मार्केट तीन बजे तक खुला ही रह रहा है क्योंकि फिर दोबारा से लॉकडाउन हुआ है तो समय से खुलता है समय से बंद हो जाता है तो हम लोगों को जाना है सब्जी लाने और घर पर सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं है सारी सब्ज़ी मेरी ख़त्म हो चुकी है प्याज़ आलू जितना भी सब्ज़ी था सब कुछ खत्म हो गया था तो आज ये घर पर थे तो बोले हैं कि हम लोग मतलब जाके साथ में लेके आएंगे और मैं उतना बाहर जाती भी नहीं हूँ तो थोड़ा इसी बहाने निकल भी लूँगी और मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया था तो देख रहे हैं ना मेरा भटूरा कितना खिला खिला बन रहा है एक भी भटूरा ऐसा नहीं है जो मतलब मतलब खिला नहीं है सब खिला है तो अभी हम लोग खाना निकाल रहे हैं और मैं थोड़ा सा छोला में डाली हूँ दही और उसमें डालूँगी थोड़ा सा चाट मसाला इससे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख रहे हैं मेरा प्लेटफॉर्म फर्म कितना मतलब गर, गंदा हुआ है तभी तो मुझे सबको साफ़ करना है तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और बाबू को भी खिलाऊँगी क्योंकि वो भी सुबह से बस वही मतलब सिंगाड़ा खाया था और थोड़ा सा भजिया खाया था सिंगाड़ा पूरा नहीं थोड़ा सा खाया था और भजिया खाया था तो अभी मैं इसको खिला दूंगी उसके बाद खिलाने के बाद हम लोग भी खा लेंगे तो अभी सब कुछ हो गया है और हम लोग निकल चुके हैं मार्केट तो अभी मैं रास्ते में हूँ और हम लोगों ने छाता लिया है अभी बारिश नहीं हो रही थी लेकिन मेरा बेटा इतना परेशान किया छाता लेने के लिए कि हम लोगों को छाता खोलना पड़ा और अभी बारिश हो भी नहीं रहा था बारिश जैसा मौसम किया था लेकिन हम लोग सोचे कि चलो छाता ले लेते हैं लेकिन छाता लाने लाना तो हमारे लिए बहुत काल ही बन चुका था क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं खुद से छाता लूँगा और खुद से मतलब ओढ़ के चलूंगा रास्ते में यही है कि मतलब मार्केट में उतना भीड़ है ही नहीं क्योंकि दुकानें तो उतनी खुली है नहीं तो भीड़ नहीं है तो कोई बात नहीं है एक दो गाड़ियाँ चल रही हैं तो इसको मैं साइड में रख के वो छाता ले चल रहा था तो अभी हम मैं सब्ज़ी लेने आ गई हूँ और सब्ज़ी में मैं आलू ले रही हूँ और प्याज लूँगी और कुछ हरी सब्जियाँ लूँगी ज़्यादा सब्जी नहीं लूँगी क्योंकि बारिश का दिन है तो सड़ जाता है तो दो तीन दिन में मैं लाती हूँ टमाटर तो बिल्कुल सड़ जाता है तो ये सब करने के बाद मैं घर पे जाऊँगी दवाई ली थी और कुछ दवा मतलब ली थी सर दर्द का मेरा सर दर्द हमेशा रहता है तो इसलिए कुछ दवा ली थी तभी मैं भिंडी ले रही थी और परवल ली थी भिंडी ली थी प्याज ली थी टमाटर ली थी धनिया का पत्ती यही सब तो हम लोगों ने सब्जी ले लिया है और फिर मैं वापस घर के लिए आ रही हूँ और देखिए ये बाबू कैसे चल रहे हैं ये ऐसे ही करते हैं बहुत ज़्यादा ये परेशान करता है मुझे और दिख नहीं रहा था छाते में और मैं छाते को ही पकड़ ली थी और छाता तोड़ भी दिया पूरा उसको पटक पटक के और लगा भी लिया था अपने चेहरे में तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और ये देखिए सीढ़ी पे भी चढ़ने के लिए खुद से और हम लोग छाता उतर छिपा के रख दिए हैं और सीढ़ी पे खुद से चढ़ रहे हैं हम लोग बोले कि आप गोदी ले लेते हैं तो नहीं मैं खुद से जाऊँगा और हाथ में लिए हैं चिप्स तो देखिए कितने जल्दी जल्दी भाग रहे हैं अपना घर पहचानते हैं कि ये हमारा घर है और घर में चले जाएँगे और उसके बाद खाएँगे तो चलिए फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगा मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल बनाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेलाइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो कितने नोटिफिकेशन मिलती रहे तो बाय बाय